हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है अपना इस भाई के यूट्यूब चैनल खबरीलाल त्रिपाठी में अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे नीचे आपके लाल बटन आ रहा है खींच के मुख का मार दीजिएगा ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब हो जाएगा चलिए शुरुआत करते हैं फिर से आज की नई खबर की ओर जैसे कि आप लोग जाते हैं आपका भाई इस खबरीलाल त्रिपाठी चैनल पे हमेशा हमेशा आपसे सबसे पहले जो शुरुआत करता है वो करता है यूट्यूब की न्यूज से रिलेटेड सो so, आज की भी जो खबर होने वाली है वो आपके पास सबसे पहले यूट्यूब से रिलेटेड आने वाली है जी हाँ बिल्कुल अब मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप प्लीज जाके अभी सर्च करिए हूं सौरभ जोशी जी हाँ सौरभ जोशी वॉक से रिलेटेड ये खबर आपका भाई आपको बताने वाला है जैसा कि आप इस चैनल पे अपने कुछ जो भी थोड़े बहुत मुझे देखते हैं उन लोगों को यह चीज मुझे बतानी चाहिए सो यार वो कुछ ऐसी थी जिसको देखने के बाद मैं रोक नहीं पाया और मैंने ये वीडियो बनाई वो थी उस बंदे हाथ जोड़ के आपने देखा होगा एक पोस्ट करी थी वीडियो ऐसा मत करो प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़ देखने के बाद मैंने उस वीडियो को पूरा देखा उस पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कहीं ना कहीं वो परेशान हो गया अपने सब्सक्राइबर से फैंस से अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि कोई भला अपने फैंस से कैसे परेशान हो सकता है सो यह परेशान आदमी तब हो जाता है जब उसके फैंस करोड़ों में चले जाते हैं अगर आप जानते नहीं होंगे ही क्रॉस अ मोर मोर देन ट्वेल्व मिलियन सब्सक्राइबर्स He ही हैव एय अकाउंट सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बात कुछ ऐसी हुई थी कभी कभी आदमी जब फेम पा जाता है तो कई लोग उससे ऐसे मिलने आते हैं जिनको वो जाने या ना जाने वो लोग उसे जानते होते हैं और वो भी नया fame पाया होता है कई सारी चीज़ें life में इंसान के नई आई होती हैं वो उसमें उस तरीके से शायद घुल मिल नहीं पाता है काफ़ी ज़्यादा लोगों को वो अटेंशन देता है बट कभी न कभी यही चीज़ें लोगों के एडवांटेज ही उनके लिए श्राप बन जाया करते हैं कभी ना कभी यही सारी चीज़ें लोगों के दिल में तीर की तरह चुपते हैं कहीं ना कहीं लोगों का जो फेम होता है वही लोगों को यार मालूम है दबाने लग जाता है जब इस सौरभ जोशी ब्लॉक की मैंने वीडियोस वगैरह कुछ देखी हालांकि मैं पहले नहीं देखता था बट मैंने ऐसा देखा कॉन्टेंट कि यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो so, मुझे इस बंदे को देखना पड़ा इसकी वीडियोस देखने के बाद मुझे एक चीज़ समझ आई है बंदा जैनवन है बंदा सिंपल है बंदे में कोई ऐसी मैंने खास ओवर एक्टिंग या कोई ओवर एटीट्यूड ना आपकी चीज़ मैंने इस सिंगल बहन ही नहीं देखी उसी के साथ मैंने देखा कि उसका एक छोटा भाई है पीयूष जो कि उसके चाचा का लड़का है जिसके साथ वो वीडियोज़ वगैरह बनाया करता है देखो जाहिर सी बात यार जाहिर सी बात कोई बंदा ब्लॉग बना रहा है अपने घर की चीज़ें ले रहा है तो यार वो अपने भाई बहन मोम डैड सिस्टर चाचा चाची मौसा मौसी इन्हीं लोगों को प्रमोट करेगा आपको या मुझे तो नहीं करेगा आपके घर पे तो नहीं जाएगा वो वीडियो बनाने आपके घर में तो नहीं घुस के वो बैठ जाएगा सो so, उसने अपना कंटेंट डाला लोगों को पसंद आया लोग उसके चैनल को वॉच कर रहे हैं और कमाल की बात ये भी है कि बंदा कुछ अच्छा काम करता भी जा रहा है तो so, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि यार आज हम लोग उस चीज़ को उसको परेशान करते रहें इस चीज़ को लेकर उसको इतना ज़्यादा उसके घर में चले जाएँ कि यार बंदा इरीटेट हो जाए ऐसे ही उसने अपने कल की वीडियो में बोला है अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सौरभ जोशी ब्लॉग का प्लीज़ जाइए उस चीज़ को सर्च करिएगा और सुनीगा और उस चीज़ से रिलेट करिएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है उसने सिर्फ इतना बोला कि यहाँ पे जो मेरे सब्सक्राइबर्स वगैरह आते हैं हर किसी के साथ फ़ोटो खिंचवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है और हर कोई मेरे साथ सिर्फ फ़ोटो ही खिंचवाना नहीं आता उनको सिर्फ चाहिए होता अपना थम नेल चाहिए होता है कि किसी तरीके से वो उस बंदे की फ़ोटो को यूज़ कर पाएँ और उसके बारे में कुछ ऐसी हेट फैला पाएँ जिससे लोगों को मिले अब उसने एक बात और बहुत अच्छी बोली कि लोग अगर ये बोलेंगे कि आज मुझसे साहि सौरभ जोशी बहुत ज़्यादा प्यार से मिला तो कहीं ना कहीं लोगों को व्यू नहीं मिल रहे बट जैसे ही वो बंदा ये थमने लगाता है कि सौरभ जोशी के अंदर है एटीट्यूड आज सौरभ जोशी के भाई ने दिखाया एटीट्यूड तो बंदा उस चीज़ पर तुरंत क्लिक कर देता है कि वो देखना चाहता है कि यार कल तक तो बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था आज ऐसी कौन सी ज़्यादा दुश्मनी आ लेंगे है समझ रहे हैं ना कि तो ये जो, जो माइंड गेम चल रहा है ना इस YouTube में इसको समझना ज़रूरी है यार आज मैं कह रहा हूँ देखो सच बात है यार अगर आज आप व्यू पर भी जा रहे हो अगर आज आपके पास 100 250 सब्सक्राइबर्स आ भी जा रहे हैं तो यार इस चीज़ का क्या ही मतलब है और उस बंदे ने बिल्कुल सही बात बोली कि, कि किसी का दिल दुखा के यार अगर आप थोड़े से फॉलोअर्स या फैंस या सब्सक्राइबर्स या व्यूज बढ़ा भी लोगे तो इस चीज़ का क्या ही फर्क पड़ जाएगा सो यार मैं आपका भाई विकास कुमार त्रिपाठी खबरी लाल त्रिपाठी चैनल पे हमेशा मैं आपको सिर्फ इतने ही खबर देना चाहता हूँ कि यार YouTube में चल क्या रहा है प्लस लोगों के माइंड में क्या चल रहा है मुझे लगा इस बंदे की वीडियो देखने के बाद कि यह वीडियो मुझे बनानी चाहिए सो मैंने बना दी और बनाने के साथ मैंने आपको बता दी कई सारे ऐसे फैंस होंगे जो मेरी बातों को समझेंगे रिलेट करेंगे कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जो मुझसे ऐसा भी कह सकते हैं कि यार तू उसको जानता नहीं है तू भी तो उसके लिए वीडियो बना रहे हैं सो यार मैं बताऊं। मेरा नाम है विकास त्रिपाठी मैं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से आता हूं। और मैं दूर दूर तक यार सौरभ जोशी को पर्सनली नहीं जानता हूं। इवन आई डोंट नो भुवन बाम आई डोंट नो हर्ष बहनीवाल एंड इवन मैं किसी को भी नहीं जानता यार मैं तुमसे सच बोलना चाहता हूँ मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ मेरा बस यहाँ पर मकसद ये है आपको बताना एक सच खबर वो भी दिल की सच्चाई के साथ आप खबरीलाल त्रिपाठी चैनल पे अब आ रहे हैं इस YouTube में मैं नया हूँ तो कोई ना कोई एक अच्छी और एक डिफरेंट टाइप से मुझे आपको खबर देनी है सो जो मुझे लगा था वो मैंने आपको दे दी अब आप लोग भी इस चीज़ का फैसला कीजिएगा और प्लीज़ अपने इस भाई की वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये थोड़ी तो सी भी अच्छी लगी है और अगर थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी है तो इस लाल बटन पे आप नबका मार ही सकते हैं इसमें आप जानते हैं आपको कुछ नहीं करना है सो so, इसी के साथ आपका भाई वीरा लेगा कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ YouTube पे देखते हैं कल क्या होता है सो so, उम्मीद करता हूँगा आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एंड सौरभ जोशी से भी कहना चाहूँगा कि नो बड़ी अब आप लोग भी इतना ज़्यादा लोगों को ध्यान मत दो दुनिया में हर तरीके के लोग हैं दे विदा लेना चाहूंगा मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ जय हिंद जय जै भारत